बोला बोला की। ना ना आयम आयम लीने आना ली मिठाई ने आई भंगिया भंगिया अरे बम आ नहीं लीने भोलेनाथ आइटम हम तो, आना तो हर भोले बाबा ले कहा जा गजाब पी वही में गजबे मजा छे ऐ इधर कहा चिल्ला में भरसाना ना आया छे आ खात लौना छिया भांग धतूरा निकल तो लागत लाइफ के बा और एक छोरा ले लगा जा ले लगा जा बोले बाबा। ले लगा जा ले लगा जा बोले बाबा। ले लगा जा ले लगा जा ले लगा मिला मिला के बाबा तोरे नाम से मन मान जा आराम से चले बाबा बाबा तो भोले तू चाहिए भोले बाबा ले ले लचले बाबा